स्वागत है एक फिर से न्यू वीडियो में तो आज के ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की टॉपिक ही ऐसी है जो सारे लोग परेशान होकर रखे हैं हम क्या करें हम कहाँ जाए हम करें तो करें क्या करे जाए तो जाए कहाँ क्योंकि हमने किया ही ऐसा है आ, आप लोगों के साथ हम भी मैंने भी किया है जो फ्री रजिस्टर आया था उस फ्री रजिस्टर में हम भी शामिल है भाई हम मैंने भी फ्री रजिस्टर किया हुआ है तो फ्री रजिस्टर फ्री रिवॉर्ड के चक्कर में भाई क्या क्या कर देते हैं भाई चांद में जाने मिले तो चांद में चले जाएंगे हम लोग क्योंकि हम तो है ही कमी नहीं सही बात है भाई तो इसी वजह से पूरे लोग परेशान होकर रखा है क्या होगा क्या हमारा आईडी बैन हो जाएगी क्या नहीं हम लोग का आईडी डी बांग्लादेश सर्वर हो जाएगा तो भाई टेंशन लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि गरने वालों ने कुछ न्यूज़ ऐसे दिया है कि देख लीजिए आज इंस्टाग्राम में डीएम आया तो मुझे भी खुशी मिली ये बात देख के गिरिना वाला भाई हम लोग के बारे में बहुत सोचता है तो गिरिना वाला ने साफ साफ से लिख के बता दिया है जे आप का आईडी कभी बैन नहीं होगा आपने फ्री का चक्कर में फ्री रिवॉर्ड के चक्कर में अगर आप फ्री रजिस्टर किए हैं तो आपकी आई चेक किया जाएगी तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपकी आईडी चेक करने के बाद आप यदि बांग्लादेश के हैं तो आपका आई आपका सर्वर बांग्लादेश में चला जाएगा अगर आप इंडियन सर्वर के हैं तो आपका आईडी इंडियन सर्वर में ही रहेगा आपका आईडी कभी बांग्लादेश सर्वर नहीं होगा तो उसके वजह से आपको टेंशन लेने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है अभी आप अपने मर्जी से गेम खेलें इंटरेस्ट ले, ले गेम का मज़ा ले और गिरने वालों का आनंद उठाए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई और भाई ये मेरा टॉपिक था आज तो भाई मेरा टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो यार लाइक कमेंट और शेयर कर दो और नया नया वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहूँगा और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर दो थैंक यू